जेठा जी। ये, ये। हो, जी। गुड मॉर्निंग बबीता आइए, आइए, आइए। आप हमारे घर पधारे धन्यवाद हमारे मेरी इच्छा है किन क्या बताओ आसमान के तारे कहता है ये जेठा प्यारे व्हाट? या yeah, कहीं वो पस्ती में पड़ा था मैंने तो जुबन पे आ गया है। <laughs> और वैसे भी चांद थोड़ी ना तारे गिनता है <laughs>